क्या होगा अगर हम इस कार के चारों पिये को निकाल के चारों लकड़ी के पहिया लगा के गाड़ी चलाएं तो क्या गाड़ी चल पाएगी तो चलो जब तक हम गाड़ी को स्टार्ट करें तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देख सकते हो लकड़ी के पहिया लगाने के बाद गाड़ी कुछ इस तरीके से चलने लगता है